सो गाइज़ वेलकम बैक टू द चैनल आज आपके सामने लेकर आ गए एक और बढ़िया सा बॉग ये वाला भाई ब्लॉग ही है ठीक है तो अभी दिखाते हैं आपको हमारे सेंटर पे सेलिब्रेशन होगी दिवाली की तो अभी दिखा रहा हूँ डेकोरेशन चल रही है कल सेलिब्रेशन है आज डेकोरेशन दिखाता हूँ ऐसे भाई हर हर शीशे पे दिए दीव मिलेंगे तुम्हें यहाँ पर सॉरे दिए और इधर ये, ये कुछ सजावट ऐसे ये छापट बैठे ये अपने निखिल भाई आ गए कितना बढ़िया अभी हमारे लगे हैं चेहरे मतलब मतलब ये में फिरता आपको आज मट... आज के देखो फिर मुस्कुराते भाई बहुत बढ़िया आर्ट है ये निखिल भाई ने लिखा है थोड़ा सा ये, ये और इधर मैं बताता हूं, मैंने क्या लिखा ये, मैंने ये इसकी लगाई थी और इसने ओ नहीं भाई ऐसे और ये पानी इसने बनाया था याद है याद है ऐसे और ये इधर अभी लगे हुए तू क्या देरी भैया तो भाई यहाँ पे अपने निखिल मास्टर लगे हैं यहाँ पे गेम खेलने में कौन सी गेम है ये अभी ऑनलाइन डाउनलोड करिएगा ने बहुत तगड़ी और ये अपना एडीएचडी स्पैम कर दो कमेंट्स में एडीएचडी और ये अपने निखिल भाई को शाउट आउट ग्रैनी गेमिंग तो डिटेलिंग डिटेलिंग चलते हुए बिल्कुल ओह देख रहे चश्मे के साइड में भी सर ने अपने आप अपने आप कलाकार की वो रखी है तो कैसी कमीशन आर्टिस्ट लोग ऐसे होते देख लो मथे गुजारखे सही है भाई देख लू तो भाई अब सुबह सुबह रेडी हो चुके हैं सही लग रहा है तुम्हारा भाई बताना है बाकी तुमने थमनेल में तो देख ही लिया होगा ठीक है तो अब एक काम करते हैं वहाँ पर ना आपको एक चीज बताते हैं मैंने सबको ये बोला है कि मैं हड्डी उड्डी पहन के आ रहा हूँ जबकि थीम था हमारा एथनिक तो मैंने सबको बोला कि मेरे कुर्ते उड़ते टाइट हो गए मेरे को आ नहीं रहे तो वहाँ जाके देखते हैं सबका रिएक्शन कैसा होता है ठीक है बस दिखाऊंगा सीधे, मतलब जैसे जब घुस रहा हूँ ना कैमरा ऑन कर लूँगा रिएक्शन देखना सबका कि कैसा आ रहा है ठीक है क्योंकि सबको मैंने यही बोला था कि मैं मेरे पास सबको पता है मैं हुन मैं हुडी ही पहनता हूँ हु, ज़्यादातर हुडी या फिर स्वेट या टी शर्ट वगैरह क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है ज़्यादा तैयार होना ना क्या ही करना यार है चलो सबका अपना अपना होता है बाकी वहाँ जा दिखाते हैं सबका क्या रिएक्शन रहता है तो वही स्टार्ट कर दिया उन्हें कैमरा देख लो आने की भी हो रही थी पूजा चल रही है ठीक है ना भाई भाई स्टार्ट स्टार्ट हो गया, तंबोला स्टार्ट हो गया गई मिल हैं तो आज है। है है है तो बहुत बड़ा और सौ रुपए जीते सौ रुपए बीस रूपए डाल दे करोड़ करो, करो, इतनी क्या करोड़गा तो भाई गलती से भाई। क्या हुआ मैं आ गया तो भीड़ लग गई है मीटअप मीट मीट तो हाँ है आज मेरा मीटअप थैंक यू भाई आप लोगों ने मुझे याद कर दिया थैंक यू और चाह दिया दो में से दूर दूर से मिलने आ रहे हैं हेलो भाई कैसे हो आप बढ़िया हो से से भाई तुझे मिलने आ रहा है प्यार कितना अम्बल हु तो भाई एक और बारी अपनी किस्मत आज माने के लिए ₹20 की ले ली है क्या है क्या ये हमारी किस्मत हमारी किस्मत की किस्मत को चाबी होगी भाई विनर से क्यों पूछ रहे हो आप आप अपनी मेहनत कर ना तो भाई दूसरी बाजी भी हार चुका हूँ मुझे लक नहीं चलता है बस अब इसके कपड़े ही रह गए जीव, जीव सबानी की है। अच्छा। अभी ये पांचों का दाव रुपये लगाना पड़ेगा भाई, भाई छह रुपए की टिकट नहीं है बीस रुपए की है तो भाई अभी ना मैं थोड़ा सा ऐसा हिलसा गया हुआ था एक बार भाई अमर भाई बताओ मजाक से अट गया है कल परसों की तो मेरे को ना मेट्रो में दो लड़के मिले थे मैं नाम नहीं बोलूंगा उनका एक्चुअली थोड़ा मतलब उत्तर प्रवेश अमर भाई मैंने आपको कैसे पता कह रहे चाल देखते हैं भाई और भाई कोई जो इसने नाम बताया ऐसा कोई मेरा दोस्त दोस्त नहीं है तो भाई अगर तुम अगर देखते हो तो भाई बता कर दिया भाई मैं एक बार बताओ हम विश्वास नहीं कर रहे थे इसकी बार पे बता दो भाई मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा लगा नाम नाम नाम बता बता यार नहीं यार, थोड़ा मतलब ना होता है यार कोई नहीं जो भाई अगर आप देख रहे हो तो कमेंट, करते कमेंट ना, ना। भाई अगर कर देना तो चलो भाई अच्छी बात हो गई तो मजा आ गया तो भाई इधर हमें कूपन मिल चुके हैं फ्री खाएंगे हम यहाँ पे छोले गुल्चे जो क्या है अरे रोजी में उनको बुलाऊं? वीडियो अरे पिक्चर लेनी अच्छा ले लेंगे हाँ क्या खाएंगे आप कुछ है। कुछ नहीं भाई। आपको पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ टिक्की भी है और ये क्या गोलगप पे है कितने मिलेंगे दस सर ये बात दो बस बाकी अपने दो खाते लिखवाए ना अपने आपने लिखा भाई ये हमने अपना दिमाग लगा के छोले कुल्चे ले लिए हैं बताओ भाई टेस्ट कैसा है छोले कुल्चे का दूसरों के मार लो सही है तू बता भाई तो भाई अभी खाके बताते हैं बढ़िया है वैसे तो तुम भाई का टोला देखो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है दो प्लेट तो भाई अभी हमने टिक्की भी खा ली टिकी भी बढ़िया है बताओ कैसी है है? है? है है। है? है। टिक्की? टिक्की है? तो टिक्की टिक्की टिक्की टिक्की टिक्की टिक्की टिक्की बता बता बता कैसी कैसी कैसी तू तू भाई भाई ठीक हमारे हमारे की अच्छी अच्छी भी खाती थी। चल खराब और सही है तो तो उनका बस कर देंगे वो तो भाई अब हमारा वर्कआउट खत्म हो चुका है कल मैं जल्दी आ गया था वहाँ से तो मैं दिखानी पास के बाद थक गया था बहुत ज्यादा भाई क्या हाल हो गया पर शाम सा में बहुत पेन रह रहे आज कल ज्वाइंस में भी दर्द हो रहा है अरे भाई के टेंशन ले रहा है Yes, यह है का ओमेगा थ्री प्लस मल्टी विटामिन ये मैं रोज़ लंच में एक एक कैप्सूल लेता हूँ अभी तेरे को पाकिटेट दिखाऊँगा इसका बहुत फ़ायदा हुआ मेरे को यार मेरे तुझे भी पता है शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन होता था तो इसकी वजह से मेरे जॉइंट्स बिल्कुल हेल्दी हो गए हैं और अगर आप लोग को ये लेना चाहो तो फिटनेस कट्टी मेरा कोड है इसको डाल के इसको बाई ज़रूर करना लिंक डिस्क्रिप्शन में और बाई तो भी लेने ही वाला है सो so सोगा इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और अगर आपको भाई चाहिए मल्टीविटाम प्लस ओमेगा थ्री तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरा फिटनेस थर्टी कोड यूज़ करना मत भूलना तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए मत पढ़ो चक्कर चाहिए कोई नहीं है